लाइव न्यूज टुडे अगर आप बीएलओ की ड्यूटी करने वाले हैं तो सावधान हो जाइए साइबर शातिर आपको किसी भी सरकारी ऑफिस का कर्मचारी बनकर कॉल घुमा सकते हैं साथ ड्यूटी करने वाले अन्य बीएलओ का नाम लेकर वे अपने जाल में फंसा कर आपके खाते की डिटेल भी मांग सकते हैं कई बीएलओ को साइबर शातिर अपने जाल में फँसा पैसे ऐंट चुके हैं कुछ के खाते से रकम भी पार कर ली गई है कई बीएलओ ने पुलिस से इसकी शिकायत की है पुलिस साइबर सेल ने भी लोगों को सचेत रहने की सलाह दी गई है सदर क्षेत्र के राजपुर चुंगी निवासी एक शिक्षिका की बीएलओ ड्यूटी लगी है शाम साढ़े पांच बजे उनके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई थी कॉल करने वाले ने खुद को सीडीओ ऑफिस का कर्मचारी बताते हुए उनका उनके नाम से संबोधित किया कई साथी शिक्षिकाओं के नाम भी शातिर ने उन्हें बताए थे इसके बाद उनसे कहा कि अपने खाते की डिटेल और एटीएम कार्ड का फोटो व्हाट्सएप पर उन्हें शेयर कर दें उनको बीएलओ ड्यूटी करने का सरकारी भुगतान देना है शिक्षिका उसकी इन बातों में फ़ंड्स गईं बेटे के मोबाइल से एटीएम कार्ड का फ़ोटो और खाता नंबर शेयर किया इसी बीच उनके मोबाइल नंबर पर तीन ओटीपी भी आए उन्होंने अपने पति को इसकी जानकारी दी शक होने पर पति ने बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके एटीएम कार्ड को ब्लॉक किया उन्होंने पुलिस से इस मामले की शिकायत की है खन्दौली निवासी एक शिक्षक के पास भी इसी तरह की काल आई थी उन्होंने भी कॉल करने वाले को खाते का नंबर बताया मगर एटीएम कार्ड का फोटो मांगने पर वे साइबर शातिरों की मंशा समझ गए थे इसलिए उन्होंने एटीएम कार्ड का फोटो शेयर नहीं किया आगरा लाइव न्यूज